फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है वातावरण सो रहा था अब आँख मलने लगा है वातावरण सो रहा था अब आँख मलने लगा है पिछले सफर की ना पूछो टूटा हुआ एक रथ है जो रुक गया था कहीं पर फिर साथ चलने लगा है फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है जो आदमी मर चुके थे मौजूद है इस सभा में हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है एक घोषणा हो चुकी है मेला लगेगा यहाँ पर एक घोषणा हो चुकी है मेला लगेगा यहाँ पर हर आदमी घर पहुँच कपड़े बदलने लगा है बातें बहुत हो रही हैं मेरे तुम्हारे विषय में बातें बहुत हो रही हैं मेरे तुम्हारे विषय में जो रास्ते में खड़ा था पर्वत वो पिघलने लगा है धीरे फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है धन्यवाद